हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे लास्ट वीडियो हमने सबनेटिंग के ऊपर किया था पार्ट वन में हमने सबनेटिंग क्या है सबनेटिंग क्यों की जाती है और सबनेटिंग के क्या क्या बेनिफिट है और क्लास सी की आई से हमने सबनेटिंग करना सीखा था आ, उसके बाद पार्ट टू में हमने क्लास ए की आई से हमने सबनेटिंग करना सीखा था आज हम आपके सामने क्लास पार्ट थ्री लेके आए हैं जिसमें हमने क्लास बी की आईपी से हम सबनेटिंग करना सीखेंगे ओके फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट था वीडियो ओके फ्रेंड्स तो हमने एक आईपी परचेज कर ली सपोज हमने एक आईपी परचेज की क्लास बी की क्लास बी की आईपी रेंज आपको पता ही अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो 128 ट्वेंटी से लेके वन तक क्लास बी की आई रेंज है तो हमने वन हमने क्लास बी की आईपी 1.4.0 की आई, क्लास बी की आईपी ले ली क्लास बी की आईपी ले ली हमने एक परचेज कर ली आईपी अब इस आईपी को हमने सबनेटिंग करना है इस सब आईपी को हमने सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे पास दो राउटर हैं R1 R2 राउटर व आर के एक इंटरफेस पे हमें 1.6.7.0 सिक्स हार्डवेयर सिस्टम कोनेक्ट करने हैं आई हार्डवेयर सिस्टम को आईपी देनी है और एक एंड पे हमें 2012 हार्डवेयर uh, सिस्टम है उनको आईपी देनी है आर टू के एक इंटरफेस पे हमें 3576 3576 हार्डवेयर सिस्टम है उनको आईपी पी अलॉट करनी है और एक एंड पे हमें 1960 एक इंटरफेस पे हमें 1960 नाइन सिक्स अलॉट करनी है तो मैंने आप लास्ट वीडियो में आपको भी दिख बताया था कि ए आप पहले आप अपना नेटवर्क बना लीजिए उसके बाद नेटवर्क बनाने के बाद आप देख लीजिए कि एक इंटरफेस पे किसी भी एक इंटरफेस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम किस में है जैसे इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम है 3576 मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम आप इसको माइंड में रख लीजिए थ्री फाइव से मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पास सिस्टम है ओके okay, आगे चलते हैं हम इसको अब इसको सबनेटिंग करेंगे हमने आईपी ले ली वन फोर जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो स्टेप फर्स्ट में क्या गया हमें पता है ये क्लास बी के आईपी है जिसमें फर्स्ट एंड टू टू ऑक्टेड जो होता है और रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए ये दोनों होते हैं रिजर्व नेटवर्क के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों रिजर्व होते हैं नेटवर्क के, है के लिए ये दोनों और ये दोनों होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं और ये होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं दोनों लास्ट टू थर्ड एंड फोर्थ रिजर्व फॉर होस्ट तो क्या करेंगे जो होस्ट पार्ट है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले आ, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे होस्ट पार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में ओके तो होस्ट पार्ट को हमने बाइनरी कन्वर्ट कर लिया नेटवर्क को हमने एज इट इज सेम लिख लिया और होस्ट पार्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में में जीरो काटवर्क हमने बनाया था उसके एक किसी एक एंड पे मैक्म नंबर ऑफ सिस्टम कितने थे हमने जो कितने हार्डवेयर सिस्टम हमने कनेक्ट करने थे तो मैंने बताया था आपको थ्री जीरो पे आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम एन की वैल्यू क्या है एन की जो वैल्यू है वन से लेकर तो आ जाए टू की पावर एन ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे हमने वन से लेके जब तक इसका ग्रेटर देन नहीं हो जाएगा जहाँ तो इक्वल टू हो जाए जहाँ तो ग्रेटर देन हो जाए तब तक हम इसको मल्टीप्लाई पावर एन की पावर पुट करते जाएंगे ओके तो हमने टू की पावर वन की तो टू की पावर वन आ गया टू इन इक्वल उसके बाद टू की और भी पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा थ्री थ्री आएगा एट एट भी नहीं आएगा फोर सिक्स फिर उसके बाद हम टू की पावर अगर यहाँ पे फाइव uh, पुट करें तो थर्टी टू हो जाएगा वो भी नहीं होगा फिर उसके बाद टू की पावर सिक्स पुट करेंगे कितना आयान फिर नेक्स्ट सेवन पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे 1, एट पुट करेंगे टू फिफ्टी सिक्स नाइन पुट करेंगे अलेवन पुट करेंगे, 1024, 11 करेंगे 2048, और उसके बाद ट्वेल्व पुट करेंगे तो आगे फोर जीरो फोर जीरोक्ल टू थ्री फाइव सेवन सिक्स ठीक है हमारा सबराइटिंग हो गया अब इसमें क्या आया है ग्रेटर देन किया गया एन की बाबर कितनी आई है हमारी ट्वेल्व तो ये तो नेटवर्क के थे ऑलरेडी तो ये होस्ट पार्ट में राइट से आपको बताया था राइट से हमने 12 तक का होस्ट रखना है बाकी वो सबको नेटवर्क को दे देना है तो ये कितना हुआ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बार ट्वेल्व यहाँ पे आ रहे हैं ट्वेल्व यहाँ पे आ रहे हैं पीछे कितने बजाया फोर जो है वो हमने नेटवर्क को दे दिए तो फोर हमने इसमें नेटवर्क को दे दिए well जो है होस्ट के पास रहे अब नेटवर्क ने इसे यहां से कितने ले लिए ने बारो कर लिए फोर विट ऑलरेडी उसके बाद डिफॉल्ट सब मार्स्क कितना था उसके बाद क्लास बी में आपको बताया था पहले की क्लास बी का सर डिफॉल्ट सबनेट मार्क् होता है सिक्सटीन सिक्सटीन ऑलरेडी इसके पास था और इसने फोर इससे ले लिए तो कितना हो गया ट्वेंटी 20 इसके नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क हो गया अब नेटवर्क, नेटवर्क, आ, के बिट्स होगी और होस्ट बिट कितनी अभी? 12. अभी अभी अभी 12 डेमल में कन्वर्ट करेंगे वन फोर जीरो डॉट जीरो डॉट टू फोर जीरो डॉट जीरो सबनेट मास्क बन गया ठीक है अब, अब, अब अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा फर्स्ट टू बिटी जो है वो रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए तो तो उनको पूरा नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं तो पूरा क्योंकि अगर इनको फर्स्ट टू बिट अगर नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं तो फुल बिट्स को हमने क्या किया वन में लिख देना नेटवर्क को हम वन में रिनोट करते हैं तो वन में लिख लेंगे तो बाद पूरी एट बीट कितना आएगा टू डबल इसमें आ जाएगा और होस्ट वाली बीट को हम मेजिटी लिख देंगे टू फोर जीरो ये हमारा सबनेटिंग होगी अब जो हमारा सबनेट सबनेट फर्स्ट आईडी वो क्या होगी फर्स्ट सबनेट आईडी क्या होगी जहां से हमने शुरू किया था 140.0.0.0 ये हमारा फर्स्ट है ओब्लिक टू ब्रॉडकास्ट आईडी डी ब्रॉडकास्ट आईडी जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जो सबनेट आईडी होगी वो क्या होगी उससे पहले वाली जो है हमारी ब्रॉडकास्ट आई है फर्स्ट आएगी सबनेट आईडी और लास्ट आगी ब्रॉडकास्ट आईडी। अब लास्ट ब्रॉडकास्ट से पहले मैंने आपको बताया था जहाँ तो आप क्या करो इसमें 4096 जो है वो, वो वैल्यू ऐड कर लो 4096 मतलब आप यहाँ पे जीरो रखोगे यहाँ पे टू डबल फाइव तक चले जाओगे तो जीरो से लेके वन से लेके टू डबल फाइव और जीरो 256. एक में कितना आ गया टू फिफ्टी सिक्स अगर एक 256 फिफ्टी सिक्स आया तो और इसके बाद तब तक चल चलते रहो जब तक आपका ये 4096 ना आ जाए. ये तो बहुत आप सम करना पड़ेगा आपको एग्जांपल दे, दिमाग में रखना पड़ेगा इससे अच्छा एक ईजी एग्जांपल है कि आप आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो नेटवर्क बेटा आपने दी थी लास्ट वाली वो कितने में आ रहा जैसे यहाँ पे टू की पावर अगर जीरो रहेगा वन तो रहेगा टू की पावर जीरो रहेगा तो वन 2 की पावर 2 वन रहेगी तो 2 2 की पावर 2 रहेगी 4 2 की पावर 3 रहेगी तो कितना आएगा 8 और ये अगर इसको हम जैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना तो इसको तो इसको कर दें तो लास्ट वाली जो वैल्यू आती है हमारी यहाँ आएगा 16 यहाँ आएगा 16 32 64 128 ऐसा आता है ना 128 64 32 और ये आगे 16 तो लास्ट नेटवर्क जो हमारा जो शुरू होती नेटवर्क आई वो सिक्सटीन आ रही है बस उस वैल्यू को हमने इसमें ऐड कर देना है यहां कर देना है। फर्स्ट वाले को नहीं हम कि उसमें जीरो से टू टू डबल फाइव आएगा तो इसमें अगर इसको करके भी देखोगे तो जीरो को जीरो करोगे तो इतना यहाँ वन सिक्स ही आएगा तो वन सिक्स से पहले वाला आई कौन सा होगा वन फाइव डॉट टू डबल क्योंकि ये टू फिफ्टी सिक्स नहीं होगा फिर इसको जहाँ चेंज हो जाएगा ये वन हो जाएगा तो वो उसका नेट नेक्स्ट का Okay, तो ये सबनेट आईडी डी सेकेंड सबनेट की कितना आएगी वन फोर जीरो डॉट जीरो डॉट वन सिक्स डॉट जीरो पब्लिक नेटवर्क की नेटवर्क की बिट कितनी थी उसने बारह की थी ट्वेंटी हो गया ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे पता लगेगा सिक्सटीन प्लस करेंगे तो थर्टी टू आ जाएगा थर्टी टू से पहले वाली जो होगी क्या कितना होगा मैम वन फोर जीरो पे टू डबल के बाद नेक्स्ट जो आएगी थर्टी आ जाएगी थर्टी टू आएगी थर्ड थर्ड सबनेट आई और ब्रॉडकास्ट आई डी चला गया 48 से वन फोर जीरो डॉट जीरो डॉट फोर्टी एट डॉट जीरो पब्लिक ट्वेंटी ब्रॉडकास्ट आई डी वन फोर जीरो डॉट सिक्सटी थ्री जैसे अपन ऐसे हम करते जाएंगे जितनी हमें सबने इंटरफेस चाहिए होगी हम अपने पास अगर नहीं भी चाहिए हो तो हम रख रख सकते हैं आपको फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं तो एक इंटरफेस पे हम कितने सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं हम फोर जीरो फोर जीरो नाइन सिक्स टोटल उसमें फोर जीरो नाइन सिक्स में माइनस टू कर लेंगे क्योंकि एक तो हमारा सबनेट आई चला जाएगा और एक ब्रॉडकास्ट आई जैसे टू की पावर एन है तो उसके बाद टू की पावर एन माइनस टू हैं कई तो उसमें फोर उसको आप छोड़ दो अभी इसको देखो कि 4096 है टोटल हमारे पास नेटवर्क एक इंटरफेस पे हम कितने सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं 4096। और हमने कितने करने थे 3576। तो 4096 हम सिस्टम एक इंटरफेस में कनेक्ट कर सकते हैं उसमें जो फर्स्ट वाला जो है वो सबनेट आईडी हो जाएगा, जैसे ये इसका फर्स्ट आई डी हो जाएगा और लास्ट वाला ये है इसका ब्रॉडकास्ट आई डी हो जाएगा तो फर्स्ट वाला ब्रॉडकास्ट आई को छोड़ के हम कितने सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं फोर टोटल इसमें 4094 सिस्टम कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हमारे पास ये हमने परचेज किया था तो हमारे पास ये आई सबनेट आईडी क्या आई थी जीरो उसमें 16 प्लस किया तो हमने जो नेक्स्ट में है वन फोर इस इंटरफेस पे ओनली इस इंटरफेस पे हम कितने का सिस्टम दे सकते हैं फोर और 4.096 टोटल है हमारे पास इसमें आईपी पी है उसमें फर्स्ट पर छोड़ के फर्स्ट और लास्ट छोड़ के टोटल इस इंटरफेस पे हम दे सकते हैं 4.094 जीरो एज इट इज हमें भी हम ऐसे भी इतनी सिस्टम दे सकते हैं बाकी जो आईपी हमारे पास बची है हमारे पास अपेयर नेक्स्ट में फ्यूचर में अभी हमारा हमारे पास और सिस्टम हमें कनेक्ट करने जाते हैं तो हम उस आई के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे उसके लिए हमें सबनेटिंग करना बार बार सबनेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके आर वन के इसके सिस्टम में कितना आ गया वन फोर जीरो डॉट जीरो डॉट और आर वन उसके बाद फिर उसमें किया 16 प्लस किया थर्टी 32.140.0.32.0 उसके जीरो फिर, फिर 16 प्लस किया तो कितना आ गया वन फोर जीरो डॉट ही इसी इंटरफेस पे हम हमें ये आईपी हमारे पास यूज करेंगे उसके बाद हमारे पास मैक्मम नंबर थ्री फाइव सेवन सिक्स और कितने कनेक्ट कर सकते हैं फोर जीरो नाइन फोर तो लास्ट यू हमने वन फोर जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो आप तो हम ये सबनेटिंग तब तक कर सकते हैं जब तक ये हमारा ये फोर वन फोर, फोर, फोर जीरो है जब ये वन फोर्टी वन आने लगेगा तो लास्ट वो हमारा सबनेट आइट सबनेट आई होगा तो हमने हमें तो सिर्फ पाँच चार पाँच चाहिए थे न फाइव से हमारे पास इंटरफेस थे तो हमें फास्ट देखा एक दो तीन चार पाँच हमारे पांच इंटरफेस थे तो उन्हें पांच इंटरफेस के लिए पांच ही सबनेट आईडी डी निकाली अगर हमें और चाहिए होगी आप तो हम वहां तक सक, निकाल सकते हैं जब तक हमारा जो आईपी हमने परचेज कर रखी है उससे नेक्स्ट आईपी ना आ जाए जैसे वन फोर जीरो है वन फोर जीरो से पास जैसे इधर से जीरो होगा जीरो से दो जाएगा जैसे से टू डबल तक जाएगा जब जहाँ भी जीरो डबल टू भी टू और जहाँ टू हो जाएगा उसके बाद ये वन हो जाएगा उसम वहाँ तक हम इसको सबनेट आईडी हमारे पास है ओके हम आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि कैसे हमने सबनेट आईडिंग की ओके फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है कि आपको हमने क्लास बी की कापी हमने परचेज कर ली वन जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम कोनेक्ट करने इसमें थ्री नाइन इतने हमने हमारे पास नैक्म नंबर ऑफ सिस्टम है और उसके बाद सबनेटिंग करके बताओ कि क्या सबनेटिंग उस आईपी के मैं सबनेटिंग करके बताओ थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो जय हिंद जय भारत